जाने किस भेष में आकर मेरा हर काम कर जाते हैं मैं जो भी मानू मेरे बाबा मुझे चुपके से दे जाते हैं